तो हेलो ब्रेवन आप लोग का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ तो कैसे है आप लोग तो कैसे आज को, आज ना हम आप लोग को अपने काम दिखाने वाले हैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ जो मेरा साइट चलता है मैं कौन सा काम करता हूँ तो आज के इस ब्लॉग में ना मैं अपने काम के बारे में बात करने वाला हूँ कैसा मेरा काम है देखना देखने का अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को शेयर करना तो चलो चलते है मिलते है काम पे कैसे आप लोग तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा एक काम है मैंने आपको पहले भी बता चुके थे कि मैं सब काम करता हूँ टाइल्स मार्बल का तो वही आप लोग देख सकते हैं कि इधर अभी हमारा टोपुर डालने वाले हैं हम पूरा नजरी अपलाई करेंगे मजरी का तो अभी इसमें ना हम अभी बधाई कर रहे हैं साइड से फॉर्म डालने के लिए उसके ऊपर से फिर हम मजरी डालेंगे तो बने रहे वीडियो में और देखें मैं इधर ड्रिल चला रहा हूँ अभी इधर भी फॉर्म बनाने के लिए ड्रिल चला रहा हूँ तो देखें आप लोग बने रहे वीडियो में काम का नाम तो बहुत आसान है पर काम बहुत ही दिक्कत वाला है भूल कर भी आप ऐसे काम पर मत आइएगा कभी ऐसे काम मत सीखना कोई तो भी अगर काम सीखना हो तो अच्छे काम सीखना होटल लाइफ का ज़िंदगी ख़राब हो जाती है पूरा हेलो तो मैं अभी अपना रूम आ चुका हूँ तो आपने देखी लिया काम वाला वीडियो की कैसा मेरा काम है और मैं कहा काम करता हूँ मैंने आपको बताया भी है पूरा वीडियो में उधर काम का साइड दिखाया मैंने जो काम करता हूँ मैं वो आपको काम भी दिखा चुका हूँ मैं तो मैं फाइनली रूम पे आ चुका हूँ